सब्सक्राइब करिए आपला महाराष्ट्र चैनल को और बेल आइकॉन पर दबाइए जय हिंद दोस्तों दोस्तों दोस्तो कुछ लोगों को गलत फहमी हो रही है क्या अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार है उन्होंने दिल्ली के अंदर महिलाओं को जो फ्री सफर करने की जो ऑफर दी है जो फ्री सफर करने की जो स्कीम निकाली है डीटीसी टी बसों में और मेट्रो में उससे मेट्रो को और डी टी काफी नुकसान हो सकता है दोस्तों इस स्कीम को आप ठीक से समझिए जो भी महिला है डीटीसी या मेट्रो के अंदर सफ़र करेगी अगर वो एक स्टेशन से बैठती है और वाई स्टेशन पे उतरती है और वहाँ जाने के लिए उन्हें अगर ₹10 का खर्चा होता है तो वो दस जो है वो दिल्ली सरकार मेट्रो को दे देगी तो इसमें मेट्रो का कौन सा नुकसान हो रहा है मेट्रो को कुछ एक का भी नुकसान नहीं होने वाला है उल्टा इसके अंदर मेट्रो को फ़ायदा ही होने वाला है आज मेट्रो से सत्तर प्रतिशत पुरुष और तीस प्रतिशत महिलाएँ सफर करती हैं। अगर वो तीस प्रतिशत से महिलाओं की संख्या अगर और ट्वेंटी परसेंट बढ़ती है और फिफ्टी परसेंट होती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर मेट्रो से सफ़र करते हैं तो इसमें तो मेट्रो का फ़ायदा ही होगा ना और मेट्रो को एक रुपया भी किसी को कुछ सहूलत देनी नहीं है जो भी उनका जो किराया लग रहा है वो पूरा किराया दिल्ली सरकार मेट्रो को देने वाली है तो इसमें मेट्रो का बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने वाला है इससे मेट्रो का बल्कि फायदा ही होने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर महिलाएं पब्लिक प्लेसेस में रहेंगी मेट्रो में रहेंगी बसेस में रहेंगी तो महिलाएं काफ़ी सेफी महसूस करेंगी उससे महिलाओं के सिक्योरिटी के लिए भी फायदा होगा धन्यवाद दोस्तों जय हिंद